जय जय गणप जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय जय जय जय गणप जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय जय गणपति वेग्न वि नाशन हे गणपति वेग्न वि नाशन हे जय लंबोदर पी तांबर सोहे फणि मणि मुकुट नायन रत ने ना लंबोदर पी ताबर सोहे फणि मणि मुकुट नायन रत नारे गज मणिमाल गले बिच सोहे माल गले बिच सोहे भाल लाल में चंद्रकला में गणपति वेग विनाशन हारे गणपति वे वेग हारे मोदक लेत देत जननी जब तुमक चलत नू पुरझन तारे मोदक लेत देत जननी जब तुमक चलत नू झनकारे रिधि सीधी दो चवर दुलावत रिधि सीधी दो चवर दुलावत सुर समूह हल की होत सुखारे करपति देग्न विनाशन हे गणपति वेग्न विनाशन वे हारे जय जय गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय जय जय <स्तित्वाँ> गणपति जय जय जय जय जय गणपति गणपति गणपति गणेश वेग्न विनाशन हारे गणपतिवेन विनाशन हे